ये सैमसंग ए टेन ऐसे ठीक है ये, ये या तो अपडेट करने पर या तो फिर चलते चलते डेढ़ हो जाते हैं ये सेट ठीक है जाली किसी ने निकाला है देखा है ठीक है मैंने शॉर्टिंग वीटिंग चेक किया इसमें बिल्कुल शॉर्टिंग भी नहीं है और ये सेवन पे स्टॉक हो जाता है ठीक सेवन पे ओनली पोर्ड बना रहा है ये ठीक है दिखा देता हूँ आपको एक बार बिल्कुल नहीं, अगर तो नहीं है। ठीक अभी हम इसको चेंज करें ठीक है ये तो ठीक है एक बार डीसी मशीन में चेक करते हैं मैनेजर में, में हम चेक करते हैं पोर्ट शो कर रहा है नहीं ठीक है ये खाली पोर्ट शो कर रहा है ऑन नहीं हो रहा है पोर्ट शो कर रहा है आ रहा है जा रहा है ठीक है एक बार इसको हम फ्लैश करेंगे आप हमारे पास एक टेस्टेड फाइल है एक दूसरा सेट से हमने रीड किए थे पहले तो उसे आप चाहे तो किसी टूल से फ्लैश कर सकते हो चाहे एसपी फ्लैश टूल से और किसी और टूल से करेंगे पूरी फाइल फ्लैश होगी तो उसे डायरेक्टली ऑन हो जाएगा प्रलोडर एंड ट्रिक कर देंगे वरना सिक्योरिटी उड़ जाएगा सिक्योरिटी नहीं रहेगा फिर प्रॉब्लम होगा फिर सिक्योरिटी रिपेयर करने में सिर्फ प्रीलोडर एंड ट्रिक करके फ्लैश करना है बस बस खाली केबल लगा देना है और कुछ नहीं करना है बस फोन फ्लैश हो रहा है हम सी एम टू से फ्लैश करें आप चाहे तो एस flash tool से भी फ्लैश कर सकते हो डिस्क्रिप्सन में फाइल लिंक दे देंगे लाईसों के